को इससे पूछ लिया फोन पे मैंने कहा कैसा गया तेरा आज का दिन कह पता है मैं और गरीब शॉपिंग के लिए गए थे तो मैंने उससे पूछा कुछ खाई करी नो नो नो नो मैं तो डाइटिंग पे फिर मोबुल चार मोबाजल डाली मैंने कहा तूने आधे मोम लिए पैसे होते मुझे करी, आज मुझे बात मत करी मैंने कहा तुम भी मुझसे आज का बात मत करी कह रही तुम ही बता किसकी गलती है मैंने कहा <laughs>